नमस्कार स्वागत अभिनंदन सात जनवरी दिन मंगलवार का दैनिक राशिफल राशि से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए क्या कुछ नया उत्साहवर्धक लेकर के आया है इस विषय पर आज हम प्रकाश डालेंगे साथ ही साथ दिव्यतम से दिव्यतम प्रयोग जो हो सकता है वो आज हम आपको बताएंगे आज का पंचांग क्या कहता है इस पर एक दृष्टि डाल लेते हैं तो पंचांग दर्शकों पांच अंगों से मिल करके मना होता है तिथि वाह नक्षत्र योग करण विक्रम संबत् दो हजार छिहत्तर सख पौष मास चल रहा है सात जनवरी दिन मंगलवार दिन रहेगा सूर्योदय होगा प्रथा छः बजकर उनसठ मिनट पर सूर्यास्त होकर शाम को पाँच बजकर चौबीस मिनट पर तिथि की बात कर लेते हैं तो शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि आज रहेगी दर्शकों देखिए द्वादशी तिथि के बारे में ब्रह्मा व्यवस्थ पुराण में स्पष्ट इसका उल्लेख आता है कि द्वादशी को मसूर का सेवन किसी भी प्रकार से आप लोगों को नहीं करना चाहिए तो आज मसूर के दाल से आप लोग दूरी बना लीजिएगा नक्षत्र की बात करते हैं तो कृतिका नक्षत्र रहेगा और फिर उसके बाद रोहिणी नक्षत्र रहेगा कृतिका सूर्य का नक्षत्र है और रोहिणी चंद्रमा का नक्षत्र है करण की बात करते हैं तो वब और बालो करण रहेंगे वहीं पर शुभ और शुक्ल योग की आज उत्पत्ति हो रही है शुभ समय पर आ जाते हैं तो आज का शुभ समय रहेगा अभिजीत मुहूर्त का ग्यारह मिनट से लेकर के बारह बत्तीस मिनट तक की वहीं यदि हम अमृत काल की बात करें तो दोपहर बारह बजकर बावन मिनट से चौदह बजकर तैंतीस मिनट का समय अमृत काल का रहेगा किसी भी शुभ कार्यों को आज आप इन मुहूर्त में कर सकते हैं निश्चित ही उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी वही अशुभ समय पर आते हैं और अशुभ समय में राहु काल पर चर्चा करते हैं तो दोपहर दो मिनट से चार मिनट तक का जो समय रहेगा ये राहुकाल का रहेगा और सुबह एक यमगंड काल आता है यह सुबह नौ बजकर छत्तीस मिनट से दस बजकर चौवन मिनट पर रहेगा तो इन दोनों पीरियड्स में आप लोगों को शुभ कार्यों की मनाही है नहीं करना है इसके साथ साथ चंद्रदेव अपनी उच्च राशि वृषभ राशि में चलाए मान रहेंगे और सूर्यदेव अपनी जो है देवगुरु बृहस्पति की राशि धनु राशि में चलाए रहेंगे दर्शकों मंगलवार दिन और दिशा की बात ना करें ऐसा कहा संभव है तो आज उत्तर दिशा की ओर दिशा होता है उत्तर दिशा की ओर यात्रा करने से बचिएगा लेकिन यदि करना पड़ जाए चूंकि आप लोग कार्य कामकाजी भी जो है महिला या पुरुष हैं आप लोग ऑफिस भी जाना होता है आ, बिजनेस के लिए निकलना होता है बच्चों को स्कूल जाना होता है तो कोशिश कीजिएगा कि गुड़ का सेवन कर लीजिएगा और पहले दक्षिण दिशा की ओर आपको चार पग चलना होगा उसके बाद उत्तर दिशा की ओर आपको प्रस्थान करना होगा तो ये तो था दर्शकों हमारा पंचांग राशिफल पर आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों को एक सूचना देनी है कि वार्षिक राशिफल 2020 मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों का हमारे चैनल पर पड़ चुका है आप लोग इसको देख सकते हैं अंक ज्योतिष के अनुसार राशिफल भी हमारे चैनल पर पड़ चुका है इसको भी आप लोग देख सकते हैं साथ ही साथ कैरियर राशिफल प्रेम राशिफल और आर्थिक राशिफल इकोनॉमी राशिफल ये सभी जो है राशियों का पढ़ चुका है तो आप लोग हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं तो राशिफल में जो हमारी पहली राशि आती है ये आती है मेष राशि देखिए मेष राशि के जातकों आज का दिन पहले के जैसा नहीं रहेगा मतलब जो स्ट्रगल चला आ रहा था वो आज खत्म होता हुआ दिखाई जो है पड़ रहा है आज आप लोग कई चीज़ों के मामले में भाग्यशाली सिद्ध होंगे इसलिए आज आप जो कुछ भी बोलेंगे थोड़ा सा सोच समझ करके बोलिएगा दिन भर आज ऑफिस में कुछ खिंचातानी जो है हो सकती है बात विवाद का कोई चीज़ आपके लिए रूप ले सकती है और आज, आज आपको कुछ तनाव के पल भी दे सकती है घरेलू सुख सुविधा की चीज़ों पर आज जरूरत से ज़्यादा खर्चा ना करें यहाँ हम आपको ये सलाह देंगे। मुमकिन है कि परिवार वाले आपकी उम्मीदों को आज पूरा ना कर सकें इस बात की इच्छा ना करें कि वो आपके मुताबिक काम करेंगे बल्कि अपने काम करने का तरीका बदल कर आप लोग इसकी पहल कर सकते हैं रोमांस के लिए दिन अच्छा रहेगा घूमना फिरना और पार्टी आज होती आपकी रहेगी लेकिन साथ ही आज आप लोगों के अंदर थकान भी बहुत ज्यादा रहेगी आज का दिन आपके लिए फायदेमंद साबित होगा क्योंकि ऐसा लगता है कि चीजें आपके पक्ष में आज जाएगी और हर काम में आज आप लोग अव्वल रहेंगे आज आप जीवन साथी के साथ झगड़े के चलते भावनात्मक तौर पर कुछ आप लोग अपने अंदर जो है हल्कापन महसूस कर सकते हैं शादीशुदा जिंदगी में कुछ खटास आ सकती है अगर बहुत ज्यादा ना हो तो कोशिश कीजिएगा कि मोबाइल फोन आज आप लोग दूरी रखिएगा कोई राज की बात की बात उजागर राज के के जातकों को हो सकती है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज आप लोग पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन करिए और कोशिश कीजिए कि आज आप सुंदर कांड का पाठ जरूर करें शुभ कलर रहेगा ऑरेंज और शुभ अंक रहेगा आठ वृषभ राशि क्या कहते हैं आज आपके सितारे तो देखिए आज साहब आप लोग आशावादी बने तो बेहतर रहेगा और आज आपका विश्वास और उम्मीद आपकी इच्छाओं व आशाओं के लिए नए दरवाजे खोल सकती है फंसा हुआ धन आज आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई पड़ रहा है और आज आपका जो धन है ये कहीं जो है मतलब आ, लग्जरियस चीज़ों पर ख़र्चा होगा लग्जीरियस लाइफ पर आपका खर्च होगा बुज़ुर्ग रिश्तेदारों से अपनी बेवजह की मांगों से आप आपको जो है वो लोग परेशान कर सकते हैं आज आपका प्रिय आपके साथ में समय बिताने और तोहफे की उम्मीद कर सकता है कुल मिलाकर के थोड़ा बहुत तनाव भरा दिन रहेगा आज कई लोगों से जो नज़दीकी लोग हैं इनसे आपके मतभेद उभर सकते हैं शादीशुदा ज़िंदगी के तमाम मुश्किल दिनों के बाद आज आप और आपका हमदम फिर प्यार की जो है एक एहसास महसूस कर सकता है मानसिक शांति थोड़ी सी कम रहेगी आ, कोशिश कीजिएगा कि कहीं मंदिर पर आप जा सकते हैं किसी आप बाग बगीचे में जा सकते हैं किसी नदी के किनारे वगैरह आप लोग जा सकते हैं वाहन आज आपको सावधानीपूर्वक चलाने की सितारे सलाह दे रहे हैं उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए आज आप लोग प्रयास ये करिएगा कि हनुमान जी के मंदिर में जाकर के गुलाब के फूल की माला को चढ़ानी रहेगी साथ ही हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लीजिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा वाइट शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा दो जेमिनी जी हाँ मिथुन राशि तो आज आप लोगों को ध्यान से वाहन चलाना पड़ेगा खासतौर पर भीड़ वाली जगहों पर वित्तीय अनिश्चितता आज आपको मानसिक तनाव दे सकती है जिससे जिसके साथ जिसके साथ आप रहते हो उसके साथ बात विवाद से आज, आज आपको बचना रहेगा कोई समस्या यदि आ जाती है तो कोशिश कीजिएगा कि शांति से बातचीत करके सुलझाएं तो बेहतर रहेगा और आज के दिन किसी को आपको धन उधार नहीं देना रहेगा आज कोई आध्यात्मिक गुरु या कोई बहुत बड़ा व्यक्ति आपकी सहायता कर सकता है और धर्म के नजदीक आज आप लोग जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं आज वैवाहिक जीवन में ठहराव से तंग आकर आपका जीवन साथी आपके ऊपर ब्लेम लगा सकता है कोई झूठा प्रत्यारोप लगा सकता है कोशिश कीजिएगा टेक्नोलॉजी वाली चीजों से थोड़ा सा दूर रहिएगा टी वी से दूर रहिएगा मोबाइल से दूर रहिएगा अन्यथा आंखों में दर्द कुछ संभव रहेगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज आप लोग प्रयास ये करिए कि सबसे पहले आप लोग सुंदर कांड का एक पाठ करिए और दूसरा अपने जीवन साथी को आज कुछ आपको परफ्यूम या सुगंधित वस्तुओं की जो है चीजें गिफ्ट करनी रहेगी शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा व्हाइट शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा दो कर्क राशि के जातकों क्या कुछ कहते हैं आज आपके सितारे तो देखिए आज आपकी राशि का स्वामी अपनी उच्च अवस्था में है तो निश्चित रूप से आज आपको धन लाभ दिलाएगा साथ ही साथ आज आप जो कार्य करेंगे उसमें आपको जो है उसका क्रेडिट भी दिलाएगा आज अचानक नए स्रोतों से धन प्राप्त होने के योग नजर आ रहे हैं जो आपके आने वाले दिनों को खुशनुमा बना सकते हैं जीवन साथी के साथ आज, आज आप लोग जो है अपना कोई नया अनुभव साझा कर सकते हैं कहीं घूमने फिरने आप लोग अच्छी जगहों पर बाहर जा सकते हैं हिल स्टेशन इत्यादि जा सकते हैं और आज के लेकिन यदि आज आप यात्रा कर रहे हैं तो जरूरी चीजों के जो दस्तावेज है जो दस्ता हैं उसको आप लोग साथ रखना ना भूलें तो ठीक रहेगा और अपने लगेज की आज आप लोगों को केयर करना रहेगा साथ ही साथ आज किसी से बात विवाद भी हो सकता है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए आज कोशिश कीजिएगा कि आप लोग दुर्गा सप्तशती के सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का आप लोग पाठ करिए दूसरा आपको करना क्या रहेगा कि हनुमान जी के मंदिर में जाकर के आज आप लोगों को लड्डू का भोग लगाना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा आज व्हाइट और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा नौ सिंह राशि के जातकों आज का दिन लाभ लेने के लिए बहुत अच्छा रहेगा आज आप लोग अपनी अतिरिक्त ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं आज आप अच्छा पैसा बना सकते हैं बशर्ते आप लोग पारंपरिक तौर पर निवेश करें ऐसा कोई जिसके साथ आप रहते हैं आज आपके किसी काम की वजह से बहुत झुंझलाहट महसूस करेगा आज जिंदगी की भाग में आप खुद को खुशनसीब पाएंगे आज आपका हमदम वाकई सबसे बेहतरीन रहेगा कुछ ऐसी जानकारियां ना उजागर होने दें जो आपकी गोपनीय हो मतलब राज की बात आज आपको किसी से साझा नहीं करनी है शेयर नहीं करना है आज ऑफिस में आप लोगों को कुछ नीचा दिखाया जा सकता है तो जहाँ तक संभव है नज़रअंदाज करिएगा और कुछ ऐसा कृत मत करिएगा कि उच्चाधिकारियों की नज़र में आप लोग कुपभंजन का शिकार हो उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज हनुमान जी को एक मीठा पान चढ़ाइए साथ ही साथ गाय को आप लोगों को गुड़ जरूर खिलाना रहेगा शुभ कलर रहेगा रेड शुभ अंक आपके लिए रहेगा एक कन्या राशि के जात को आज आप लोग सेहत के चलते थोड़ा सा जो है दिक्कत में आ सकते हैं साथ ही साथ आज आप लोगों को ऐसी चीज़ से परहेज करना चाहिए जिससे आपकी शक्ति नष्ट हो जंक फूड वगैरह को आपको अवॉइड करना रहेगी आपकी लग्न और मेहनत पर लोग गौर करेंगे तो आज इसके चलते आपको कुछ वित्तीय लाभ मिल सकता है आपको परिवार के सदस्य और दोस्तों के साथ बिताने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा गलतफहमी के चलते आपके और आपके प्रिय के बीच थोड़ी सी दरार पड़ सकती है आज प्यार के मामलों में थोड़ा सा सावधान रहने का दिन है किसी को आज आप लोग प्रपोज मत करिएगा अन्यथा उनकी यदि हावी होने वाली होगी तो आज नामें बदल जाएगी साथ ही साथ यदि आज, आज आप लोग रोड पर अपनी गाड़ी निकाल रहे हैं तो बेकाबू तरीके से रफ तरीके से रफ ड्राइव मत करिएगा अन्यथा जान का खतरा तक की बना रह सकता है जीवनसाथी के साथ कुछ झगड़े इत्यादि आज हो सकते हैं इससे आपको बचना रहेगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज आप लोग हनुमान अष्टक का पाठ करिए साथ ही साथ हनुमान जी के दर्शन करके तब आप लोग घर से बाहर निकलिए शुभ कलर रहेगा हरा शुभ अंक रहेगा तीन तुला राशि लिब्रा क्या कुछ कहते हैं आज आपके सितारे तो आज आपका हसमुख स्वभाव दूसरों को खुश रखेगा आज आपको जो है भूमि से भवन से वहाँ से रिलेटेड सुख प्राप्त होता हुआ दिखाई पड़ रहा है प्रतियोगी परीक्षा यदि आज आप लोग देने जा रहे हैं या कोई रिजल्ट आने वाला है तो वो आपके फेवर में आता हुआ दिखाई पड़ रहा है आज परिवार में किसी बड़ों के साथ कुछ गलत का आप लोग शिकार हो सकते हैं साथ ही साथ किसी को जो है किसी बात को लेकर के आज आप लोगों के मन में क्रोथ का ज्वार बिल्कुल फट सकता है यात्रा आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी लेकिन बहुत ज़्यादा आज यात्राओं पे खर्च होता हुआ दिखाई पड़ रहा है जीवन साथी के साथ आज आपका पल बड़ा बेहतरीन भी जो है बीतने वाला है साथ ही साथ जो दंपत्ति जो युवक या युवतियां विवाह के बंधन में बदने के इच्छुक हैं उनको भी सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई पड़ रही है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज कोशिश कीजिएगा कि शिवलिंग पर आपको जाना है और जल में गोल डाल करके ओम ह्रीम नमः शिवाय मंत्र से अभिषेक करना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा पिंक और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा दो वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो लेकिन फटाफट आप लोग इस वीडियो को देखिए लाइक कीजिए और जय श्री राम का कमेंट जरूर करिए वृश्चिक राशि के जात को आज लोग आज आप लोग अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल किसी मुश्किल में फंसे इंसान की मदद करने के लिए कर सकते हैं आज कोशिश कीजिएगा कि किसी को धन उधार नहीं देना है आज ऑफिस में आपका समय बहुत अच्छा बीतेगा पराक्रम में वृद्धि के संकेत अब जो है सितारे कर रहे हैं आज दूसरों की मदद के लिए आप लोग आज है आगे आते हुए दिखाई पड़ेंगे रोमांस और आज का दिन बड़ा आनंदमयी रहेगा अगर आज आप यात्रा कर रहे हैं तो आपको अपने लगेज की सामान की अतिरिक्त सुरक्षा करने के सितारे सलाह दे रहे हैं आज शादी से रिलेटेड कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है साथ ही साथ आपके घर में किसी नए मेहमान का आगमन आज के दिन हो सकता है उपाय के तौर पर वृश्चिक राशि के जातकों को करना क्या रहेगा तो देखिए वृश्चिक राशि के जातकों आज आप लोगों को प्रयास ये करना रहेगा कि किसी विकलांग व्यक्ति को कुछ मीठा आप लोग जरूर खिलाइए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा ऑरेंज और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा एक सेजिटेरियस धनुराशि आज आपका व्यक्तित्व तो इत्र की तरह महकेगा और सबको आकर्षित करेगा भागीदारी वाली व्यवसायों और चलाकी भरी आर्थिक योजनाओं में निवेश न करें तो बेहतर रहेगा चलाकी भरी निवेश मतलब शेयर मार्केट इत्यादि हो गया आज कोई ऐसी बात होगी कि आपके ऊपर ब्लेम लगेगा और उसमें आपके परिवार के आपके भाई आके आपकी मदद करेंगे एक दूसरे की खुशी आज आप जो है पति पत्नी के बीच भी दिखाई पड़ रही है इसके साथ साथ आज बच्चों के स्वास्थ्य पर लेकर के कुछ आपका धन खर्च होता हुआ दिखाई पड़ रहा है साथ ही साथ आज बात विवाद के चलते आपके वैवाहिक जीवन में कुछ खटास पैदा हो सकती है ऐसे लोगों से जुड़ने से बचें जो आपकी प्रतिष्ठा को आघात पहुंचा सकते हैं आपका जीवन साथी थोड़ा सा जो है आज आपके साथ अजीब व्यवहार करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं लेकिन सब्र का बांध न टूटने दे तो बेहतर रहेगा आज का दिन कुछ थकावट भरा रहेगा साथ ही साथ कुछ उबाऊ भरा भी रहेगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज आप लोग प्रयास करिएगा केसर का सेवन करिए शिवलिंग पर जाना है और एक नारियल सूखा आपको रख के चले आना है शुभ कलर आपके लिए रहेगा वाइट शुभ अंक आपके लिए रहेगा नौकैप्टीकॉन मकर राशि क्या कुछ कहते हैं साहब आप लोगों के सितारे तो मकर राशि के जात को माता पिता का स्वास्थ्य चिंता का कारण बन सकता है आज के दिन दिन निवेश करने से बचना चाहिए तथा बच्चों के ऊपर थोड़ा सा आप लोगों को अनुशासन रखना होगा आज आपका प्रिय आपके साथ में समय बिताने और आपसे तोहफे की उम्मीद कर सकता है अगर आप कहीं बाहर जाने की योजनाएं बना रहे हैं तो वो आखिरी वक्त पर पोस्टपोन हो सकती है आपके वैवाहिक जीवन में शारीरिक सुख के नजरिए से कुछ खूबसूरत परिवर्तन हो सकते हैं बागवानी करना आज आपके लिए सुकून भरा हो सकता है साथ ही साथ जो लोग अनाजों से रिलेटेड व्यापार करते हैं उनको आज लाभ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है यात्रा करने से आज आपको बचना होगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए आज आप लोग बजरंग बाड़ का तीन बार पाठ करिए साथ ही साथ हनुमान जी को आज गुड़ और चने का भोग लगाइए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा जो है वाइट और शुभ अंक रहेगा साथ एक्वास जी हाँ कुंभ राशि क्या कुछ कहते हैं आज आपके सितारे तो कुंभ राशि के जातकों आज भावनाओं का ज्वार आपके मन में तेजी से उभरेगा आज आपका व्यवहार आसपास के लोगों को भ्रमित करेगा अगर आप जो है क्या कहते हैं आ, कोई नई नौकरी की तलाश में हैं तो कोई ना कोई छोटी मोटी जॉब आज आपको प्राप्त होते हुए दिखाई पड़ रही है खर्चों में अप्रत्याशित रूप से बढ़ोतरी आपके मन की शांति को भंग करेगी पारिवारिक सदस्यों के साथ सुकून भरे और शांत दिन का लुस्फ उठा लें आज के दिन आप लोग कोशिश शब्दों पर आज आप लोगों को ध्यान दे करके ही किसी दूसरे से बात करनी रहेगी उच्च अधिकारी फिलहाल प्रसन्न आपसे रहेंगे जो भी गड़बड़ चली आ रही थी वो खत्म होती हुई दिखाई पड़ रही है जीवन साथी के साथ कुछ छोटे मोटे बात विवाद हो सकते हैं उपाय के तौर पर आज करना क्या रहेगा तो देखिए आज आप लोग बंदरों को गुड़ और चना ये आप लोग खिलाइए साथ ही साथ हनुमान जी के मंदिर में जाना है और एक देसी घी का दीपक आपको जलाना रहेगा शुभ कलर रहेगा ब्लैक शुभ अंक आपके लिए रहेगा आठ अंतिम राशि पर चलते हैं पाइसेस जी हाँ मीन राशि तो मीन राशि के जात खुद को उत्साह बनाए रखने के लिए अपनी कल्पनाओं में कोई खूबसूरत और शानदार तस्वीर आप लोग बना सकते हैं जल्दबाजी में फैसले ना लें खासतौर पर जो है आर्थिक सौदों में मूलभाव करते हो परिवार की किसी महिला सदस्य की सेहत चिंता की वजह बन सकती है विवाह प्रस्ताव के लिए जो है आज का दिन सही जो है मतलब समय रहेगा अगर आज आप विवाह प्रस्ताव के लिए सार्थक दिशा में प्रयास करते हैं तो निश्चित वो जो है आगे सफलता उसमें प्राप्त होती हुई दिखाई पड़ रही है जो लोग खेल वर्ग से रिलेटेड है खास करके क्रिकेट से चेस से कबड्डी से खोखो से जो भी खेल होते हैं इसमें आज आपको सफलता मिलेगी अपनी योजनाओं पर आज गहराई से चिंतन करने का दिन रहेगा आज से पहले शादीशुदा जिंदगी जो है मतलब शादीशुदा जीवन आ, आपको लगा होगा कि इतना अच्छा इससे अच्छा भी हो सकता था क्योंकि देखिए आज जीवन साथी आपकी बात को लेकर के थोड़ा सा फील कर लेंगे अपने माइंड में बैठा लेंगे छोटी छोटी बातों पे नुस्ख निकालेंगे इससे आपको बचना रहेगा और आपको आज वाहन सावधानीपूर्वक चलाने की सितारे सलाह दे रहे हैं उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा मीन राशि के जात को देखिए आज के दिन कोशिश कीजिएगा कि इत्र ले लीजिएगा चमेली के तेल चमेली का बना हुआ कोई इत्र हो उसको लेकर के हनुमान जी के मंदिर में जाना है और हनुमान जी को चढ़ाना रहेगा साथ ही साथ एक लाल रंग की पताका बनवा लीजिएगा और उसको आपको हनुमान जी के मंदिर में दान देना रहेगा हो सके तो ओम हन हनुमति रुद्रात्म काम फट इस मंत्र की एक माला का 108 बार जाप करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा पीला और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा एक तो ये तो था देखिए मेज से लेकर के मीन राशि का राशिफल कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइए नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए साथ ही साथ बगल में बना हुआ बेलाइकन दबाइए दीजिए इजाजत मिलते अपने नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार My beloved, you are.